खेत में सिंचाई को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद से फरार चल रहे हरिद्वार के थितकी गांव में सिंचाई कर रहे दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया यह विवाद इतना बढ़ गया की आरोपियों ने मारपीट के बाद हवाई फायरिंग कर फरार हो गए इस घटना में तीन लोग घायल हो गए थे घायलों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी पुलिस ने मामले की जांच करते हुए इस घटना में शामिल चार आरोपियों में से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था जबकि एक आरोपी फरार चल रहा था जिसे भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है